नमस्कार और आप देखें पल, पल। फतहाबाद के गांव खासा पठाना में एक बाइक सवार कुछ बदमाशों द्वारा गोलियों से भून करके एक शख्स की हत्या किए जाने का मामला सामने आया मृतक शख्स का भाई गांव खासा पठाना का सरपंच रह चुका है और शराब शराब कारोबार से जुड़ा हुआ है घटना को अंजाम उस समय दिया गया जब वारदात का शिकार हुआ शख्स पंकज राह अपने पिता के साथ भूना शहर से अपने गाँव खासा पठाना जा रहा था जहां पर गांव के पास ही पंकज को गोलियों से भून दिया गया। फिल्मी में अंजाम दी गई इस वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात आरोपियों की तलाश में छापेमारी करती रही पुलिस ने आज मृतक के पिता की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम करवाया गया डीएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव खासा पठाना के बीच सोमनाथ ने शिकायत देकर के पुलिस को बताया है कि बेटे पंकज को दो से तीन अज्ञात व्यक्तियों ने गांव खासा पठाना के एरिया में गोलियों से छलनी कर दिया पुलिस ने मामले में बयान दर्ज करके तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है फिलहाल घटना की जांच की जा रही है आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा घटना की जांच के लिए सीआईए स्टाफ की टीम के साथ कई टीमें गठित की गई है पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में मृतक पंकज निवासी खासा पठाना के पिता सोमनाथ ने बताया कि वह अपने बेटे पंकज के साथ देर शाम को भुना से गाड़ी पर सवार होकर के आ रहा था रास्ते में ढाणी सांचला के रोड पर अचानक गाड़ी के नज़दीक आए और कुछ टायरों की हवा निकालने की वजह पूछी गई तो बेटा पंकज ने नीचे उतर और गाड़ी के टायर चेक करने लगा इसी दौरान बाइक सवार कुछ युवकों ने नीचे आकर के उसे गाली गलौच कर दी जिसके बाद अचानक झगड़ा बढ़ गया और पिस्तौल निकाल करके फायर कर दिया गया फायर होने के बाद मेरा बेटा खाली पड़े प्लाट से होते हुए खेतों की तरफ भागने लगा जिसके बाद आरोपियों ने पीछा करके उसे गोलियां मार दी हमले के बाद बाइक सवार आरोपी मौके से फरार हो गए और शोर मचाने से आस के गाँव और ठाणियों के लोग वहां पर पहुंचे जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से पंकज को भुना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसे मृतक घोषित कर दिया गया सोमनाथ की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात तीन व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और चौंतीस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है पल पल फते राजेश भागु की खास रिपोर्ट हमारे पास सूचना दी है कि उसके लड़के उन दो तीन लड़कों द्वारा खासा फाना एरिया में ही गोलियों से सभी कर दिया गया उसकी मृत्यु हो गई जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दो दिन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उनकी तलाश की लड़की में अभी तक कोई नाम सामने आया सर नहीं अभी तो अज्ञात ही है जिन गुस्से के लिए गिरफ्तार किया इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया पुट्टी नहीं बना दी गई से एक की सहायता से तीछा। तीछा।